सिंगरौली के भाजपा कार्यालय में कुशा भाव ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर बूथ विस्तारक योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ इसमें तीन विधानसभाओं के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए जो बूथ को मजबूती प्रदान करेंगे बूथ विस्तारक योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया भाजपा संगठन की ओर से तीनों स्थलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए प्रशिक्षक एवं प्रभारी नियुक्त किए गए थे प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त कार्यकर्ताओं को बूथ विस्तारक कार्यक्रम हेतु समस्त कार्यों की विधिवत जानकारी प्रदान की गई थी भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि जिले के समस्त नौ बूथों पर बूथ विस्तारक योजना का क्रियान्वयन होगा भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना हम इसको अपने विस्तारको के माध्यम ऐसी उस बूथ पे हमारे अध्यक्ष महामंत्री डीएलए के साथ साथ बूथ समिति के सदस्यों का फिजिकली वेरिफिकेशन तो करेंगे ही करेंगे लेकिन डिजिटली वेरिफिकेशन भी करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने संगठन ऐप जो कि हम सबों के पास में समस्त विस्तारकों के पास में प्राप्त हो चुका है हम उस ऐप के माध्यम से